तेरा क्या <laughs> भाई इतना कट करना पड़ता है ना मत पूछ पूरा हाल नहीं है अभी नहीं खेलूंगा खेलूं। अभी नहीं खेलू तो कम तो से कम पंद्रह बीस मिनट का तो डाली है पूरा डालता डालो शॉर्ट्स भी डाल, डाल दूंगा दस दस घंटे की डाल दी थी मैंने एक <laughs> भी थी भी थी भाई वो। क्या घंटे वो बनी थी कुछ चार पाँच जी बी की थी चार पाँच जी की गई थी